सलमकुम दोस्तों मैं हूं हुसैन अहमद आप देख रहे हैं हुसैन अहमद यूट्यूब चैनल उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे दोस्तों आज हम ब्लैक इश्तिहार को कलरफुल करेंगे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे तो चलते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों ब्लैक इश्तहार को कलर करना बहुत आसान है आप वीडियो देखें अगर आप मुझसे अच्छे कलर कर सकते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कौन सा कलर अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं लग रहा ताकि मेरी भी ग़लती दुरुस्त हो जाए दोस्तों इस इश्तहार की सी फाइल भी आपको दी जाएगी फाइल को पासवर्ड लगा होगा वो आपको वीडियो में बताया जाएगा दोस्तों पासवर्ड लगाना अच्छा तो नहीं लगता मगर मजबूरी है क्योंकि दोस्त वीडियो पूरी नहीं देखते इसलिए पासवर्ड लगाना पड़ रहा है अगर आपको अगर आपको सी डी फाइल से फ़ायदा मिलता है तो मुझे भी आप दोस्तों से फ़ायदा मिलना चाहिए दोस्तों चैनल खोलने का मकसद सिर्फ यही है कि आप तक अच्छी डिज़ाइन पहुंच जाए और बेशक मुझे भी फ़ायदा मिलेगा अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या बनना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग करें आप तो आप मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं अब आप आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा मिल सकता है आप सी फाइल डाउनलोड करें और इश्तहार बनाएं और उसमें नाम वगैरह आप ख़ुद अपने हिसाब से सेट करें और अपने हिसाब से और अच्छी डिज़ाइने बनाएं बेशक आप मुझसे अच्छे डिजाइनर होंगे दोस्तों फाइल का पासवर्ड दो हिस्सों में है पहला पासवर्ड सिक्स फोर नाइन है दोबारा सुनने लें सिक्स फोर और और दूसरा पासवर्ड थोड़ी देर में आपको बताया जाएगा वीडियो पूरी देखें साथ साथ वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों अगर आपने मेरी दूसरी वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लें बहुत अच्छी डिज़ाइने अपलोड की है मैंने और इस्लामी लोगो भी बनाया है आप सब डिज़ाइने डाउनलोड करें और एक डिज़ाइन से आप बहुत सारी डिजाइनें बना सकते हैं और चेंजिंग भी कर सकते हैं दोस्तों अगर किसी डिज़ाइन की लिंक काम नहीं करे तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको दुरुस्त कर सकूं क्योंकि मैं एक नया बंदा हूँ अभी सीख रहा हूँ और ऐसे आस्ता इन सीख जाऊंगा तो दूसरा पासवर्ड है सेवन एट दोबारा सुनने लें सेवन एट आज की इस वीडियो में इतना ही कर दें चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी अस्सलाम वालेकुम